संजीवनी बूटी लेने गए हिमालय पर्वत कहा लंका कहां हिमालय कौन लाएगा मैं सूर्य उधर से पहले आ जाएगी बिल्कुल आ जाएगी लंका हिमालय कहते हैं कि हनुमान जी ने जब छलांग लगाई तो हनुमान जी जाते हुए नहीं दिखे एक रेखा जाते हुई दिखी इतनी तीव्र गति से गए और खाली जाना नहीं था और रास्ते में रावण का बैठा है बंदा वो काल बैठा है बीच में रावण ने बोला रोक इसको रोक काल ने, ने बोला किसको रोकना है बोला जो कुछ दिन पहले तुम्हारी लंका आया था रावण बोला है तो वही ये वही है जिसने तुम्हारी लंका जला दी थी रावण ने बोला है तो वही बोला जब तुम्हारी लंका जला रहा था तो तू कहा था बोला मैं तो वही था तेरे सौ बेटे कहा थे बोला मैं भी हूं भी सब वहीं थे बोले तुम सबसे रुका था बोले नहीं बोले हमारी बली काहे ले रहे हो फिर